हेलो गाइस तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो आज मैं बात करने वाला हूँ हमारी ईडा के बारे में What? आई I मीन mean, कावाकी की ईडा के बारे में अगर बोरूटो कोर्ट पे भारी पड़ता है तो क्या ईडा इस वक्त आएगी देखो इस मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज इस वक्त मामला 19 बीस चल रहा है जो भी इस वक्त बोरूटो के अंदर पावर इंक्रीज हुई है वो असलियत में मुमोशिकी की है या बोरूटो की है कुछ नहीं पता है देखो इस चीज पे किसी और दिन बात करेंगे इस वक्त हम ये मान के चलते है की इस वक्त मुमोशिकी ही अपियर हुआ है बोरूटो के अंदर बोरूटो वर्सिस कोर्ट की फाइट में बोरूटो कोर्ट को डिफीट कर देता है बिकॉज मुझे नहीं लगता है की कोर्ट जिसकी वो पूजा है। उसी के जैसे बंदे से वो जीत पाएगा इस चीज की 90% परसेंट पॉसिबिलिटी है कि कोर्ट कितना ही पिट जाए बट ईडा सामने नहीं आने वाली है Because of the reason कावा की वहां पे होगा। और ये चीज कोर्ट को ईडा ने पहले ही बोला था कि अगर कावा की वहाँ होगा तो मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूँ मोशिकी के अपियर होने के बाद ईडा के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है की अब वो क्या करे अब वो साथ किस दे जो उसके साथ है या जो होने वाला है मान लो 10% परसेंट पॉसिबिलिटी हो जाए और ईडा सामने आ जाए कोड को बचाने के लिए कोड को बचाते वक्त कवा की ईडा को देख लेगा तब तो कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि ईडा कोड को बचा क्यों रही है आखिर रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी क्या ये तो पक्का है कि ईडा एक विलन बनके तो कुछ नहीं कर सकती है बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि कावा की उसकी शकल भी नहीं देखना चाहेगा जो इस वक्त कोना हाँ अटैक करने वाला है तब तो ईडा का कुछ नहीं हो पाएगा सिचुएशन नंबर सेकंड की बात करें तो मुझे ये लगता है कि ईडा सक्सेस हो सकती है मान लो किसी भी तरह से फोर्ट बोरुटो को डिफीट कर देता है बोरुटो तो अब पूरी तरह से पिट के साइड हो चुका है सो so, अब बारी आती है कावाकी की इन दिस टाइम ऐसी सिचुएशन देख के कावाकी बोलेगा कि चलो अब इनके लिए कुर्बान ही हो जाते हैं बिकॉज well कोर्ट पिछली मांगा में भी लगभग कावाकी को मारने ही जा रहा होता है बट बीच में ईडा को याद दिलाना पड़ता है कि भैया मारना नहीं है उसको कावाकी कोर्ट से लड़ने आएगा और कोर्ट को तो मौका चाहिए कावाकी को मारने के लिए और इन दिस टाइम कोर्ट को रोकने के लिए ईडा खुद बीच में आएगी और कावाकी के सामने वो हीरो बन जाएगी <laughs> और हो सकता है ईडा ने इसी तरह का कोई प्लान बना रखा हो बिकॉज उसका शुरुआत से प्लान था कि वो कावाकी के सामने विलेज नहीं बनने वाली है और कोड को वहाँ से जाने को कह सकती है कोड को भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी बिकॉज उसका मेन प्लान तो विलेज में घुसना ही था और ऐसी सिचुएशन में ईडा अगर ऐसा कुछ करती है तो उसे विलेज में जाने ऐसी कोई भी नहीं रोक सकता बिकॉज ईडा ने कावाकी एंड बोरूटो दोनों को ही बचाया है ईडा विलेज में घुस जो करना है वो कर सकती है और ईडा पर कोई डाउट भी नहीं कर सकता विलेज में घुसने के बाद ईडा कालाकी को कंट्रोल करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है और मुझे यही सिचुएशन लग रही है कि ईडा का लव यहाँ सक्सेस हो सकता है आपको क्या लगता है कमेंट में लिखो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर दबा देना थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में